साले को भम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया